हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन एसटी चैनल लाइफलाइन क्लासेस में तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो एक बार ज़रूर कमेंट बास बताएं आप लोग कैसे हो तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने आगामी एसआई पुल, पुलिस के परीक्षा के लिए रणनीति में लगे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं जो बात करूंगा यूपी बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है आप लोग जान लीजिए यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020 हज़ार बीस ने मृतक आश्रित एसआई व कांस्टेबल पीटी को लेकर दो अहम सूचनाएं दी गई हैं जो मृतक आशी हैं आशी हैं उसके लिए दो दिए गया हैं आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्या नोटिफिकेशन आया है जो देख लीजिए यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जारी लेटेस्ट नोटिस के अनुसार मृतक आश्रित भर्ती के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यूपी पुलिस एसआई नई नियमावली से अनुश्चित के जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत 29 पदों के सापेक्ष चार सौ छप्पन आश्रित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 14 ग्यारह 2019, 6 उन्नीस छः तीन दो और 25 नौ दो हज़ार बीस चार बीस, एवं पाँच बारह दो को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी का आयोजन किया गया था इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने या भाग न ले पाने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देते हुए 26 छः 2021 को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है अभ्यर्थियों को 26 जून को सुबह छः बजे से पैंतीस वाहिनी पीसी महानगर लखनऊ में उपस्थित होना होगा इस तिथि में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को अब कोई अलग से अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा साथ दौड़ में असफल अभ्यर्थी को दोबारा दौड़ का अवसर नहीं दिया जाएगा साथ ही जो मृतक आश्रित वाले थे वो छूटे थे सही के लिए उनका पी एग्जाम पी टेस्ट जो कि छब्बीस छः दो को शुरू है से रिक्वेस्ट है जो साथी अभी छूटे हैं आखिरी मौका है आप लोग इसमें भाग ले लीजिएगा नहीं तो हाथ से छूट जाएगा मौका तो फ्रेंड्स मैं आज जो बात करने वाला हूं वो है यू पी एस आई की जो नवनियमाली है आप मैं बता दें यू पी का जो टारगे मेरा कहने का उद्देश्य है यू पी में जो देख ले यू पी का जो हम क्या रहने वाला है उसमें आपको नोटिफिकेशन में दिख गया होगा क्या है यूपीएसआई में देख लीजिए यूपीएसआई का जो नया नियमावली निकली हुई है उसमें आपको सबको पता होगा यस में जो ट्रेनिंग होती है नौ महीने का उसमें या बारह महीने का ट्रेनिंग सॉरी बारह महीने का ट्रेनिंग होती है उसमें आपको कोई पैसा नहीं दिया जाता है उसमें भत्ता के तौर पर तीन भत्ता आपको मिलेगा और आप जैसे ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उसके बाद ही आपको पूरा 35000 कुछ रुपए को मिलकर आपको मासिक वेतन मिलता है तो हम बता दें 2000 2001 दो या दो में हुआ था एक या दो में हुआ था नहीं सॉरी 2010 या नहीं 2001 हजार या दो में सही है एक या दो में हुआ था उसमें पूरा पैसा मिला था ये आई वालों को एक रेट जाए किया था दिया गया था उसके के लिए इलाहाबाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि ट्रेनिंग के समय पूरी पैसा मिलना चाहिए वही एक बार सिर्फ पैसा मिला हुआ है उसके बावजूद अभी तक एसआई में कोई पैसा नहीं है एक भर्ता तौर पर आपको ट्रेनिंग में ढाई से तीन हज़ार रुपये मासिक पे मिलता है तो फ्रेंड्स एसआई का जो नोटिफिकेशन आया है अभी वेबसाइट खुल नहीं रहा है मैं आपको नहीं दिखा देता क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है चलिए मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या नोटिफिकेशन है इसको जरूर जान लीजिए तो फ्रेंड्स यही मेरा मेन उद्देश्य था वीडियो लेकर आने का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स या नोटिफिकेशन लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचें तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर आता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो